18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा समस्या हुई इस पूरी दुनिया में पूरे यूरोप में या ऐसे कि पूरे अमेरिका के अंदर एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्यूर फीवर गूगल करेंगे तो मिलेगा वो क्या रहा था कि जो भी लेडीज बच्चों को डिलीवर कर रही थी जितना भी डिलीवरी हो रहा था लेडीज के थ्रू वो सब लेडीज अड़तालीस घंटे के अंदर अंदर डेथ हो रहा था उनका इन एटीन सेंचुरी इन यूरोप All, all over America, एक बीमारी फैल गई, भी बोलते हैं इसको। 48 घंटे के अंदर इन सब लोग मर रहे थे सब की और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लाशों की लाशों बिजती थी किसी को समझ में नहीं आया किस कि बड़े है और ये वो टाइम था जब मेडिकल साइंस करवट ले रहा था चेंजेस को तो जो, जो जो कोशिश करते थे अड़तालीस घंटे के अंदर और कुछ हॉस्पिटल और डॉक्टर को समय नहीं आया कि हुआ क्या सुबह पोस्टमार्टम करते कुछ मिलता नहीं और शाम को फिर विंडल करके एक उन्होंने बोला, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई अगर तुम मेरी बात सुनो तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है तो डॉक्टर ने बोला सर क्या बताइए हम तो तड़स रहे इतने साल हो गए डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब तुम ही समस्या बोला हम कैसे समस्या तो डॉक्टर ओलिवर ने क्या विटनेस किया कि जो डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद पोस्टमार्टम करने के बाद क्या करते जब ये पोस्टमार्टम करके वापस आते डिलीवरी करने के लिए तो ये हाथ नहीं धोते थे विदम हैंडिलीवरी परफॉर्म कर रहे बिकॉज ऑफ द रियक्शन जो लेडीज का डेथ होना शुरू हो गया डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब ये लोग बड़े मजाक उड़ाए बोला गेट लॉस्ट हम कैसे प्रॉब्लम हो सकते किसी ने उनकी बात नहीं मानी अगले 30 वर्ष तक यही होता रहा सर फिर अचानक कोई बीच में से निकल के आया उसने बोला एक बार डॉक्टर की बात मानकर उन्होंने सिंपल हाथ धोने शुरू करे उन्होंने सिंपल अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना शुरू किया और वो सारा का सारा प्रॉब्लम एक दिन में ही डिसफेयर हो गया तो माई लेसन टू तो यू इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल माई डर फ्रेंड्स समटाइम्स यू आर बेहतर आप समस्या हो कोई और समस्या नहीं है आपकी असफलता के कारण इधर उधर दाएं बाएं झांकने का जरूरत नहीं है अगर खुद को ठीक कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग खुद के अलावा सब ठीक करना चाहते हैं बस